दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी वीडियो के बारे में बताएंगे जिसमें अब आप, आप अपना ईईपी वोटर आईडी कार्ड जो नए तरीके का आया हुआ है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये किस प्रकार से बनता है इसके बारे में हम पहले भी आपको वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं आप हमारे चैनल पे उसको देख लीजिएगा और हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे तो दोस्तों अब आप हम आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने पच्चीस जनवरी यानी मतदाता दिवस के दिन डिजिटल वोटर कार्ड की सुविधा को शुरू किया था इस डिजिटल वोटर आई कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलर फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि ईईपी कहा जाता है बता दें कि इस वोटर कार्ड को ऑफ नॉन एडिटेबल पीडीएफ फॉर्म में ई आधार कार्ड के तर्ज पर सेव कर सकते हैं ईईपी वोटर कार्ड उतना ही मान्य है जितना वोटर आईडी कार्ड की हार्ड कॉपी होती है प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर के लोन लेने तक जहां भी आप प्लास्टिक वोटर आई कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसको हम ज़्यादा देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि अब आप इसको किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम या कोई भी एक ब्राउज़र हो उस पे आपको यहां पर आपको यहाँ पे लिखना है एन और इसको आपको सर्च कर देना है जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ही ये यह यहाँ पर लिख करके आ जाएगा नैसनल वोटर सर्विस पोर्टल तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा क्योंकि आपका जो वोटर आईडी कार्ड जनरेट हो चुका होगा तो उस पे एक ई नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं एवाइल नंबर तो आप यहाँ पर लॉग या रजिस्टर यहाँ पर आपको करना है रजिस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर इन न्यू इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंटर मोबाइल नंबर अब आपसे यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर दें मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर कैप्चा जो लिखा हुआ है इसको इसी तरीके से यहाँ पर फिल कर दें फिल करने के बाद आप देख सकते हैं सेंड ओ इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने पहचान पत्र बनाते समय डाला होगा तो उस ओ को यहाँ पर फिल कर देना है तो चलिए दोस्तों हम फिल कर देते हैं तो दोस्तों ओ दर्ज करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो देख सकते हैं वेरीफाई ओ अब यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना है तो इसके लिए आपको वेरीफाई ओ टी क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों देख सकते हैं इस तरह का ये फॉर्म खुल करके आ जाएगा तो अब आपको यहाँ पर अपने फॉर्म की पूरी डिटेल यहाँ पर भरना है तो जैसे देख सकते हैं फुल नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड यहाँ पे आपको बनाना है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव ई पिक नंबर क्या आपके पास ई नंबर है तो हमने ई नंबर जनरेट कर लिया है तो हाँ हमारे पास है तो हमको यहाँ पे ई पिक नंबर पर क्लिक कर देना है इसके बाद ई नंबर यहाँ पर डालना है तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ई नंबर डाल देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ईपिक e नंबर डालने के बाद ये जो ईमेल लिखा हुआ है ईमेल मेल में यहाँ पर आपको अपना दर्ज कर देना जो भी आपका ईमेल हो उसके बाद आप अपने मनपसंद का जो भी पासवर्ड है यहाँ पर बना सकते हैं बनाने के बाद कंफर्म पासवर्ड वही पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म कराना है कराने के बाद आप देख सकते हैं रजिस्टर अब यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है तो देख सकते हैं दोस्तों यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है और ये ई नंबर अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है तो दोस्तों ये देख सकते हैं मोबाइल नंबर आपने डाला तो यहाँ पे अब आपको अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करना है उसके बाद पासवर्ड दर्ज करके कैप्चा डाल करके लॉगिन कर देना है तो चलिए दोस्तों हम दर्ज कर देते हैं sure. तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने मोबाइल नंबर पासवर्ड ये दर्ज कर दिया है उसके बाद ये कैप्चा जो लिखा हुआ इस कैप्चा को उसी प्रकार दर्ज कर दिया है कैप्चा दर्ज करने के बाद अब आप देख सकते हैं लॉग इन यहाँ अब आपको लॉग इन क्लिक कर देना है जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप लॉगिन हो चुके हैं और उसके बाद ये देखिए यहाँ से आप रजिस्टर एड न्यू इलेक्ट्रॉन वोटर पहचान पत्र बना भी सकते हैं और आप इसको लिस्ट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर हमको अपना जो है नया वाला पी फॉर्मेट में जो ई आया है उसको हमको पहचान पत्र को डाउनलोड करना है तो चलिए दोस्तों हम इसके लिए यहाँ पर डाउनलोड ई पिक जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमको क्लिक करना है जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये लिख करके आ गया ईपीक नंबर तो अगर आपके पास ईपीक नंबर है तो ईपीक नंबर डाल करके डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास रिफ्रेशन नंबर है तो आप रिफ्रेशन नंबर डाल करके डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम ईपीक नंबर डाल देते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं हमने अपना ई नंबर डाल दिया है ई नंबर डालने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट इस स्टेट पे हम सेलेक्ट करेंगे तो जहाँ का का भी आपको डाउनलोड करना है या आप जिस भी प्रांत के हैं उस प्रांत के आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है तो हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आप ये देख सकते हैं सर्च इस सर्च पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस भी व्यक्ति का वोटर कार्ड होगा तो ये वोटर कार्ड यहाँ पर देखिए आ जाएगा और आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर वग़ैरह ईमेल आईडी जो भी इसमें पड़ी होगी वो ईमेल आईडी भी यहाँ पर आ जाएगी तो चलिए दोस्तों अब हमको यहाँ पर ओ से डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ओ वेरिफिकेशन होगा प्लीज़ ऑथेंटिकेट यूजिंग ओ वेरिफिकेशन तो यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपका लगा होगा बनाने बनाने के समय जो आपने लगाया होगा तो उस पर एक ओ जाएगा तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर सेंड ओ करते हैं जैसे हम सेंड ओ टी पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ का कॉलम आ गया है अब हमको ओ वेरीफाई कराना है तो चलिए दोस्तों हम ओ डाल देते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ओ डाल दिया है और ओ डालने के बाद ये यह वेरीफाई यहाँ पे हमको वेरीफाई कर देना है तो देख सकते हैं दोस्तों ओ टी डन सक्सेसफुली अब यहाँ पर आपका ओ वेरीफ़ाई हो गया वेरीफाई होने के बाद आप ये जो कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चे को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है कैप्चा दर्ज करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड ईपी पिक इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपके सामने ये ई पीडीएफ फाइल में आ चुका है और इसको आपको यहाँ पर डाउनलोड इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पी फाइल पर आ चुका है आप पी पे ओपन करके देख सकते हैं तो ये देखिए दोस्तों हमारा वोटर कार्ड बन करके आ गया है और आप इसको पी फॉर्मेट में निकाल करके आप इसको आधार ही की तरह लेमिनेशन करा करके कहीं पर भी एक वोटर कार्ड की तरह ही आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आप वो वाला पुराना वाला वोटर कार्ड यूज़ करते थे सेम उसी तरीके ये भी मान्य है आप इसको भी कहीं पर भी लगा सकते हैं या कहीं पर भी जमीन या कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहें या टैक्स में या किसी वोट डालना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी इसको ले जा के डाल सकते हैं